हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हो आप सब हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं ढोलक बजाने का थर्ड पार्ट जी हां फ्रेंड्स बेसिक का थर्ड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट में हमने आपको चाटी का पार्ट प्ले करना सिखाया था एंड सेकंड पार्ट में बेस का ठीक है अब दोनों को मिला किस तरीके से ये बचती है वो हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट लेवल है पार्ट थ्री है ये

तो फ्रेंड्स वीडियो हम शुरू करते हैं पर सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वन टू थ्री फोर की काउंटिंग से ढोलक का बेस बजाना महिला मंडली की ढोलक है बहुत ही सिंपल है बहुत साधारण सी ताल है ये हजारों गानों में प्ले होती है

जिस तरीके से महिला मंडली के जो गाने होते हैं चाहे वो शादी के गाने हों बन्ना बन्नी के या सोहर वगैरह के गीत होते हैं उन पर प्ले होने वाली ढोलक की ताल है फ्रेंड्स जिन्हें ढोलक बिल्कुल भी नहीं आती है किसी भी तरीके से ढोलक बजानी नहीं आती है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर इन तीनों पार्टों को वॉच करके आप ढोलक बजाना बहुत ही आसान तरीक़ों से सीख सकते हो तो फ्रेंड्स हम एक दो तीन चार के लेवल से इसके स्टार्टिंग करते हैं

बेस बजाने का तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं चाटी का जो पार्ट था वो आपको फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा चाटी का पार्ट उसी तरीके से ही आपको प्ले करना है बेस में थोड़ा डिफरेंट है एक दो तीन से हमने शुरुआत की थी अब एक दो तीन चार के लेवल से आपको चलना है तो फ्रेंड्स आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो के स्टार्टिंग एक दो तीन चार एक दो तीन चार के लेवल से ही आपको बेस बजाना है ठीक है देखो

ये ढोलक का ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला ठीक आपको अपने हैंड्स का इतना पार्ट लेना है फिंगर्स का वन टू तो, थ्री फोर एक दो तो, तीन चार ठीक है आपके पास ढोलक है आप मेरे साथ अभी लेके बैठ जाइए स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहती हूँ आपके पास ढोलक है आप मेरे साथ ही इसको रिवाइज कीजिए

अगर आपके पास ढोलक नहीं है आप न्यू बिगनर्स हो फर्स्ट टाइम ढोलक बजाना सीख रहे हो ढोलक नहीं है कोई बात नहीं है कोई भी आप डिब्बा ले लीजिए अपने घुटनों पर प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है तो देखिए वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फर्स्ट स्टार्टिंग वन टू ठीक वन टू प्ले कीजिए वन टू ठीक है इतना हो गया वन टू

वन टू वन टू थ्री वन टू दोनों को वन टू है वो आपको जल्दी जल्दी प्ले करना है देखिए इसी तरीके से प्ले कीजिए वन टू थ्री थ्री की जो आपको जब थ्री प्ले करना है तब तो आपको एक सेकेंड का इसमें गैप ले लेना है वन टू थ्री फोर वन में फोर वाली धपकी ठीक है वन टू

थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ठीक अब इसको आपको धीरे धीरे इसी की प्रैक्टिस करनी है दो से तीन दिन तक इसके बाद में आप देखोगे कि इसकी ताल किस तरीके से निकलने वाली है ठीक है वन टू थ्री

वन सेकंड का गैप फोर्थ ढपकी धप, जो है बीच में है फ्रेंड्स जो ढोलक की ताल है मेरी ढोलक दो, जो है वो इस समय थोड़ी सूखी नहीं है तो थो, थोड़ी ढोलक का जो लेवल है वो थोड़ा इस समय कम है ढोलक अच्छी क्वालिटी की मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी क्वालिटी की ढोलक अवेलेबल अपने पास में करूँ तो आप मेरी ढोलक की इस पर ताल पर मच जाइएगा

ठीक है आप इसके बजाने को तरीके को अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की ढोलक है तो आप उस पर इसको प्ले कीजिएगा मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं अच्छी क्वालिटी की ढोलक अपने इस्तेमाल में लेके आऊ थ्री ये इस तरीके से प्ले होगा ठीक है एंड जो इसका चाटी वाला पार्ट था इसको आपको इसी तरीके से ही बजाना है वन टू

ठीक है देखो थ्री फोर फाइव सिक्स वही पे होगी वहीं पे आपको बाकी के फिंगर प्ले करनी है ठीक है ये ढोलक का, का जो ऊपर का पार्ट होता है ना इसी पे आपको हल्के से अपने हाथों को प्ले करना है 1, 2,

स्टेप आप फॉलो कीजिए अपनी ढोलक पे वन तीनों फिंगर्स को एक साथ हल्के से वन टू थ्री फोर टू थ्री फोर उठा के दोनों फिंगर्स को उस पे लगे नहीं रहने देना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स

आपके चाटी का पार्ट है बहुत तेज प्ले हो जाएगा इसी की प्रैक्टिस आपको दो तीन दिन करनी है अब दोनों को मैं मिक्स कर देती हूँ देखिए इसकी ये जो ताल है किस तरीके से निकलेगी ठीक है देखो

है तो मैं कोशिश ये करूंगी कि अपनी ढोलक ढोलक को बेस्ट क्वालिटी का लेके आऊँ तब उसके बाद में आप इसकी धुन को इसी तरीके से ही मैं आपको इस पर बजा के दिखाऊंगी किस तरीके से प्ले होगी तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से ही अपनी ढोलक को प्ले करना है हजारों गानों में बजती है महिला मंडली के संगीत की तो फ्रेंड्स इसके ऊपर बेस में आपको कोई भी एक भजन माता रानी का वो मैं आपको इसके ऊपर सुनाने जा रही हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर प्ले होगा ठीक है देखिए

ताल पे आपको कोई भी भजन है कोई भी गाना है इसके ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से प्ले होने वाला है आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है बहुत ही जल्द दो तीन दिन आपको लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ही जल्द बहुत आसान तरीके से आप इस ताल को सीख जाओगे तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो ये मेरा तरीका कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना

और कमेंट पर मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स क्योंकि आपके कमेंट आपकी लाइक से हम मोटिवेट होते हैं हमें हौसला मिलता है जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी तरीके से ढोलक की वीडियो लेके आ सके तो फ्रेंड्स अगले वीडियो के लिए नमस्ते टेक केयर एंड बाय